हेलो दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि तीन बातें पहली बात जी मेल अकाउंट बनाना दूसरी बात यूट्यूब अकाउंट बनाना और तीसरी बात यूट्यूब से पैसे कैसे मिलते हैं इसके लिए हमें पहले अपने जी मेल अकाउंट बनाना होगा इसके लिए हम चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पे। चलिए दोस्तों अभी जी अकाउंट बनाते हैं जीमेल अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले हमें जी ऐप में जाना होगा जीमेल ऐप में जाने के लिए स्किप करना होगा उस उसके बाद स्किप करने के बाद हमें ऐड टू न्यू अकाउंट इस पर क्लिक करना होगा फिर गूगल पे क्लिक कीजिए गूगल पे क्लिक करने के बाद क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक कीजिए और वहाँ से माई सेल्फ इसको चुन लीजिए फिर अपना फर्स्ट नेम डाल दीजिए फर्स्ट नेम डालने के बाद अपना लास्ट नेम डाल दीजिए जो आप अपना यूट्यूब अकाउंट बनाना चाहते हैं या शायद आप अपना भी नाम डाल सकते हो फर्स्ट नेम लास्ट नेम और फिर नीचे नेक्स्ट कर दीजिए चाहे तो आप अपना भी नाम डाल सकते हो फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ डेट ऑफ बर्थ डाल लीजिए डेटा ऑफ बर्थ डालने के बाद अपना जेंडर चुन लीजिए फिर नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए वहाँ पे हमें ईमेल का ऑप्शन दिखाया जाएगा जो हमें ईमेल चाहिए उसको ऑप्शन मैंने सेकेंड नंबर का चुन लिया है और फिर हमें अपना पासवर्ड क्रिएट करना है पासवर्ड जनरेट पासवर्ड अपना उसमें पासवर्ड में हमें पहले एक कैपिटल स्मॉल फिर एक अल्फ़ाबिट फिर नंबर और अपना जी अकाउंट क्रिएट हो जाएगा विदाउट नंबर मेरी के इस पे एग्री पे क्लिक करना है आई एग्री पे फिर से हमें नीचे जो ब्लू कलर में दिख रहा है उस पे क्लिक करना है फिर टेक माय टू जी इस पे क्लिक करना है अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले हमें YouTube अकाउंट YouTube ऐप में जाना होगा YouTube ऐप में जाने के बाद हमें यूआर चैनल पर क्लिक करना होगा यूआर चैनल पर क्लिक करने के बाद क्रिएट चैनल पर क्लिक करना होगा क्रिएट चैनल पर क्लिक करने के बाद एडिट चैनल पर क्लिक करना होगा पेंसिल आई एरों क्लिक करना होगा पेंसिल एर ओ पे क्लिक करने के बाद हम चाहें तो अपना नाम चेंज कर सकते हैं किसी किसी की खुद की ईमेल आई अपने नाम की होती है तो हम चाहे तो उसे चेंज भी कर सकते हैं जैसे मैं अभी आपको चेंज करके बताने वाला हूँ देखो अभी मैं आपको एडिट चैनल पे क्लिक करना होगा पेंसिल पे क्लिक करना होगा मैं अपना नाम चेंज करके बता हूँ चेंज इसलिए करना पड़ता है कि अपना नाम यूनिक होना चाहिए वो डबल नहीं आना चाहिए यूट्यूब पर मतलब सर्च बार में आना चाहिए जैसे मैंने अपने आपको अपना नाम चेंज करके बता दिया यू चैनल का YouTube चैनल का यहाँ पे डिस्क्रिप्शन होती है ये डिस्क्रिप्शन भी मैं अगली वीडियो में आपको बताऊँगा डिस्क्रिप्शन क्या होती है मतलब डिस्क्रिप्शन तो अपने चैनल के बारे में होती है ये क्रिएट अकाउंट क्रिएट वीडियो यहाँ पे तीन ऑप्शन मिलते हैं हमें यहाँ पे हमारा YouTube चैनल बन चुका है थैंक यू you. पहले YouTube पे हमें पैसे कमाने के लिए सबसे हमारा एक YouTube चैनल होना चाहिए YouTube चैनल होने के बाद हमारा एक हमें यूट्यूब चैनल पर वीडियो डालनी होगी वीडियो डालने के बाद हमारे वीडियो पर 1000 सब्सक्राइबर और 4000 आवर्स का वॉच टाइम होना चाहिए इसके लिए हमें एक साल का टाइम मिलता है एक सैन एक साल का टाइम मिलने के बाद हम उसके बाद अगर ये हमने टारगेट कंप्लीट कर लिया एक साल में तो हमारा चैनल उस वक्त एक साल के अंदर ही मोनेटाइजेशन के लिए इनेबल हो जाएगा उसके बाद हमारे चैनल पर धीरे धीरे ऐड आना शुरू हो जाएगी उसी एड से हमारी इनकम अर्निंग आना शुरू हो जाएगा मतलब जितने व्यवस आएंगे उतने ही हमें ज़्यादा पैसे मिलेंगे जितने ऐड हमारे वीडियो पर स्केपेबल अनस्केपेबल ऐड आना शुरू हो जाएगी वो हम पे डिपेंड करता है कि हम किस प्रकार के ऐड लगाते हैं उन्हीं ऐड से हमारी अर्निंग शुरू हो जाएगी उसके बाद हमारे चैनल पे ऐड आना शुरू हो जाएगी उन्हीं ऐड से हमें ज़्यादा पैसे मिलते हैं जितने व्यवसाय उतने पैसे जितनी ऐड उतने पैसे हमारे चैनल पर नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें थैंक यू मिलते हैं अगली वीडियो में